मतलब देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि बच्चा मतलब जब भी एनडी की तैयारी करता है तो उसके मन के अंदर विचार यही होता है कि और कोई हमारे को प्रोबेबिलिटी पढ़ा दें कोई हमारे को स्टैटिक्स पढ़ा दें और ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब अगर इनको ढंग से क्लियर करें ना तो बहुत सिंपल टॉपिक है और अगर इनको पूरी क्लासे नहीं ले बीच में से छोड़ छोड़ के चले जाएँ तो इनसे हार्ड भी कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि इनमें पूरे कॉन्सेप्ट समझना होता है पूरे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज बिल्कुल लाइन टू लाइन ढंग से समझना होता है उसके बाद में आप इनको गुलाम बना सकते हो ठीक है ना? लेकिन लेकिन बात यह है कि बच्चा ऑनलाइन के अंदर सब्र नहीं रखता है ऑनलाइन के अंदर आया गुरुजी ने टोटल प्रोलिटी की डेफिनेशन बताई नहीं आई भाई साहब नहीं आएगी समझ में और वो भाग जाता है क्लास से बेज थोरम समझाया थोड़ी सी समझ में नहीं भाग जाता है वो नमूने का इंतजार ही नहीं करता है कि नमूने से समझ में तो वही तो है जिसे बार बार बोला जाता है ना फ्री के ज्ञान की इज्जत कमी होती है अगर इसी क्लास को अगर आपसे पेड कोर्स दिया जाता आपको पैसे लिए जाते हैं इसी क्लास के तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब 400 बच्चे क्लास में है ना उनमें से एक बच्चा भी छोड़ के नहीं जाता मतलब वो है ना इंडिया वालों की और फुल डाइट है भाई साहब पचास में फिर से ठूस ठूस के बढ़ लेंगे उसके बाद में लूज मोशन होंगे पांच सौ रुपए दवाई के देके आएंगे <laughs> ये बात है चलो सर कोई बात नहीं हाँ